लगा लगाल बहुत बात नई है लगा लगाल बहुत बात नई है नजरिया चुरावल बहुत बात होला नजरिया चुरा हो चुरावल बहुते हो। बहुते बात होहू के रोवावल बहुत बात नई है के के रोवावल बहुत बात नहीं है रुवा के हथा हाँ बहुत बात होला रुवा के हता बहुत बात होला लगाई के सने तू चली गई लज बस लगाई के सने तू चली कैल जब से पूरब के में हम देखनी तो नूरब के घा में हम देखनी ना तो नहू के रोबाव बहुत बात नई केहू के, के रोबाव बहुत बात नहीं है रोवा के, के हता बहुत बात हो समझे न पवनी तोहर असली दा रूप के जाल में धारा गैनी दादा समझे न पवनी तोहार असली दादा रूप के जाल में स तो गैनी दादा केहू के जगावल बहुत बात नहीं केहू के जगावल बहुत बात नहीं के, के जगा के।, के सुतावल बहुत बात होला जगा के सुतावल बहुत बात हो नजरिया चुरावल बहुत बात हो लगा के सने तू चल गई लज बसे लगा के सने तू चल ग जब से पूर्व के घाम हम देखनी नब तो से पूर्ब के घाम हम देखनी नब तो से केहू के मुआवल बहुत बात नई है हू के मुआवल बहुत बात नई के मुआ के जियावल बहुत बात हो नजरिया चुरावल बहुत बात हो लगावल बहुत बात नई के लगाल बहुत बात नहीं खे नजरिया चुरावल बहुत बात होला नजरिया चुरावल बहुत बात होला स्नहिया लगावल बहुत बात नहीं खे सन लगा वल, बहुत बात नहीं है नजरिया चुरावल बहुत बात होला हो केहू के हतावल बहुत बात होला होलाहू के हतावल बहुत बात हो